फाइव रैंडम फैक्ट फैक्ट नंबर वन मधुमक्ख्या अंटार्टिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाई जाती fact number two, सारस का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है फैक्ट नंबर थ्री शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था फैक्ट नंबर फोर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है फैक्ट नंबर फाइव दिल्ली का जामा मस्जिद विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक